अरे वाह मैंने पहले ही देख लिया अच्छा हो गया हाय दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में कैसे हो आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश रहे तो आज का हमारा व्लॉग होने वाला है जंगल में तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आप लोगों को हमारा जंगल और जंगल के बारे में आज आप लोगों को जानकारी भी दे देंगे तो चलते हैं हम जंगल में तो लेट्स गो तो दोस्तों देख सकते हो शिम्बा ए शिम्बा इधर देख देख सकते हो दोस्तों आज के व्लॉग में हमारे साथ हमारा सिम्बा भी जाने वाला है जंगल में जंगल का शैर करने तो चलते हैं हम अभी जंग तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं आज के व्लॉग में हम ज़्यादा से ज़्यादा बैक कैमरा का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि आप लोगों को जंगल का नज़ारा पूरा देखने को मिले और हम वैसे ही जंगल के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं दोस्तों तो पहले हम जंगल में ऊपर जाएंगे फिर बाद में जंगल के बारे में जानकारी दे देंगे आप लोगों को तो चलते हम जंगल में देख सकते हो दोस्तों हमारा सिम्बा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें पीछे से जाना पड़ेगा सिम्बा के साथ तो देख सकते हो जंगल में रास्ता कैसा है बहुत मज़ा आता है दोस्तों जंगल घूमने में तो ये देखिए दोस्तों हमारा सिम्बा कैसे भाग रहा है इधर जंगल में हमारा सिम्बा पहली बार जंगल में आया है दोस्तों इसलिए थोड़ा आवाज़ होने के बाद घबरा रहा है वो भी मुझे भी घबराहट होती है इसलिए मैं सिम्बा को साथ में लाया हूं दोस्तों तो देख सकते हो उसे किस चीज़ का आवाज़ महसूस हो गया है तो ढूंढने चालू कर दिया दोस्तों देख सकते हो सूँगते हुए बाहर आ गया दोस्तों अभी सूंघ रहा है वो क्या चीज़ है हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों मोर उड़ रहा है उसका ये आवाज़ सुनाता है तो बैक कैमरा से ही नज़ारा देखने को अच्छा दिखेगा तो इसीलिए हम आज फेस फैसकाम नहीं करने वाले हैं शिमबा आ जाओ शिम्बा देख सकते हो दोस्तों बहुत बड़ा जंगल है हमारा ये बह की सभी जुब हम है हजारों में अब की जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम्हारे सकी तो रबा है अब है जो है ऊपर चल तुम रह सके जीत इधर से चल Saj, the bichha is running. Hey, hey, hey! Hey, udhar kahan ghum raha hai? Hey, aajao. Hello, raste pe chal. Rasta ki dar hai. दोस्तों आप देख सकते हो हम घने जंगल में जाने वाले हैं घने जंगल में अभी एंट्री करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया जंगल है देख सकते हो आप जितने दूर जाओगे ना उतना घना जंगल देखने को मिलेगा दोस्तों तो आज मैं ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला हूँ तो दिखाना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को तो दोस्तों मैं जंगल में आ चुका हूँ महाराष्ट्र के चंदगढ़ तालुका में स्थित जंगल में आ चुका हूँ दोस्तों मैं दोस्तों इस जंगल में बाघ सिंह जैसा वो प्राणी नहीं रहता है इस जंगल में हरिन गवी रेणा गवी रेड़ा, रेड़ा यानी कि जंगली भैंस मैंने गवी रेड़ा मराठी में बोल दिया दोस्तों और भी बहुत सारे जीव रहते हैं वन्य जीव ससा वगैरह बहुत सारे जीव है इधर देखने जैसे हैं, वो अभी दिखाई देंगे क्या नहीं मालूम नहीं तो कोशिश करेंगे हम अभी दिखेंगे तो आज का ब्लॉग अच्छा ही हो जाएगा मुझे डर ना लगे इसलिए मेरे सिंबा को साथ में लाया हूँ दोस्तों देख सकते हो अभी पीछे से आ रहा है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रब है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी वो देख दोस्तों कितना घना जंगल है मैं जंगल के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ तो दोस्तों हमारे इस जंगल को सोने का जंगल कहा जाता था ताकि इधर सोने से भी महंगा लाल चंदन चंदन के पेड़ बहुत सारे थे अभी ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इससे बड़ा बड़ा चंदन के पेड़ रहा करते थे इधर हमारे पुरोज बताते थे सोने का जंगल कहा जाता था इसको तो आज उसी पेड़ को आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों तो ढूंढना स्टार्ट करते हैं दोस्तों चंदन का पेड़ देख सकते हो दोस्तों जंगल में घूमना बहुत बहुत कठिन काम है अरे युवा मैंने पहले ही देख लिया अच्छा हो गया बैक कैमर से देख तो देख सकते हो दोस्तों आप स्पाइडर देख सकते हो कितना बढ़िया स्पाइडर है दोस्तों अभी मेरे मुँह पे ही लग जाता देखता नहीं तो अभी देखो मेरे माथे पे ही लग जाता वो मैं बिना देखे वैसे ही चलता तो तो जंगल में घूमने के लिए बहुत डेरिंग चाहिए दोस्तों हम लोगों को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा ऐसा लग रहा है दोस्तों ताकि मैं भी इस साइड में पहली बार आया हूं जंगल में तो इसलिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है तो कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोगों को आज के ब्लॉग में ही चंदन का पेड़ दिखाने की पीछे देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया जंगल है हमारा वहां तक का शहर करने में बहुत दिन लगने वाले हैं दोस्तों पूरा जंगल का शहर कराएंगे पूरा जंगल घूमेंगे दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कितना घना जंगल है ये देख सकते हो दोस्तों अभी कितना घना जंगल है इस घने से जंगल में हमारे पुरोज बताते थे दोस्तों ये सोने का जंगल है लेकिन आज के जमाने में सोने का जंगल नहीं चंदन का एक पेड़ देखने को मुश्किल हो गया है दोस्तों आप तो बहुत समझदार हो समझ ही चुके होंगे मेरा बोलने का मकसद क्या था तो प्लीज़ पेड़ लगाइए पेड़ बचाइए देख सकते हो दोस्तों कितना घना जंगल है हमारा ये आप लोगों को इधर चंदन का पेड़ कहाँ पर दिखाऊं दोस्तों मुझे तो अब तक चंदन का पेड़ नहीं मिला है दोस्तों आज इस सिम्बा के सहारे हम जंगल घूम रहे हैं दोस्तों मुझे तो अकेला जंगल घूमने में बहुत डर लगता है तो इसलिए हम सिम्बा को साथ में लाए हैं सिम्बा आगे चला गया दोस्तों ये देखो पीछे था अभी मैंने बुलाने के बाद वो आगे चला गया तो दोस्तों हमें यहाँ कहीं पर भी चंदन का पेड़ मिला नहीं है देखने को तो अभी नीचे एक चंदन का पेड़ है वही दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि बहुत देर हो गया है हमारे पास कुछ भी नहीं है हाथ में तो हमें सेफ्टी के खातिर नीचे जाना पड़ेगा अभी तो जाते समय दिखाई देगा क्या और एक बार देखेंगे दोस्तों अरे बहुत सारा घूमने के बाद जंगल में हम लोगों को आज चंदन का पेड़ दिखाई नहीं दिया है तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को जंगल में ऊपर दिखाने का कोशिश करेंगे ताकि पहले जैसा अभी जंगल में चंदन का पेड़ बचा नहीं है सब बेच के खा चुके हैं तो अभी नीचे आप लोगों को एक चंदन का पेड़ मैंने आते समय देखा है तो छोटा सा पेड़ है लेकिन उसी को आज दिखा देता हूं आप लोगों को दोस्तों हम जंगल में से उतर के रास्ते पे आ चुके हैं फाइनली तो ये पीपल का पेड़ हमने लगाया है देख सकते हो दोस्तों एक साल का पेड़ है एक साल से थोड़ा ज़्यादा हो गए। देख सकते हो चंदन का पेड़ दोस्तों आज का व्लॉग हमारा स्पेशल था चंदन के ऊपर तो आप चंदन का पेड़ देख सकते हो दोस्तों ये जंगल में है लेकिन रास्ते पे है छोटा सा पेड़ है दोस्तों अभी बहुत टाइम हो गया जंगल में घूमने को देर लगा दिया तो अभी पूरा हारा नहीं दिख रहा है बैक साइड से देखने लोगों को ऐसे ही जंगल के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलने के लिए हमारे विलेज व्लागर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों तो इतना ही चाहता हूँ एक सब्सक्राइब आप लोगों से तो आप मेरे लिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू